जी सर याद है मुझे तो वही जो खुले गार्डन में लिया तो इस बार अंधेरे में ले रहे हो तीनों तीनों का कान खोल के सुन लो अब मैं अब मैं मैं तुम्हें तुम्हें एक काम देने देने वाला ग पहले हम लेंगे सही मारा सर सुतरी के के ही दिखे एक मैं भी सा आया मजा सुतरी का बेच भी कराता रहेगा ना ना जी बिल्कुल गलत कह रिया अबे असली मजा दही सही है जले का दो तुम्हें बुला के मैंने यहां पर सबसे बड़ी गलती की है निकल जाए पर काम भी तो यही कर सकते हैं टैरो।